हमें गलत कहने से पहले आपका सही होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मुझे समझाने वाले का उससे पहले उसके खुद का समझदार होना ज़रूरी है